से सफे मेरे दिल की जो रखे है तूने ने कल नाम पे मेरी जिंदगी लिख सिद्धी लिखा हसी खा मैंने जीना जीना कैसे जीना हसी खा